तो स्वागत है आपका कोई नहीं बनेगा करोड़पति में पर आज एक चूतिया आया हुआ है है बहुत-बहुत इसके लिए तो एक्स इधर ये क्या है? मेरे को तो कहा अरे बोरी बीच में अरे ये फालतू बातें छोड़ो क्वेश्चन आंसर पर आते हैं हाउ चलो ठीक है सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है ये कि आपके पास दो हजार रुपए है उसमें से आपने एक हजार खर्च कर दिए तो आपके पास क्या बचा रुपए ऑप्शन तो सुन ले। हाँ ठीक है ऑप्शन बोलो ऑप्शन ए है आपके पांच हजार रुपए ऑप्शन बी है आपके दस हजार रुपए ऑप्शन सी है आपके पंद्रह ऑप्शन डी है एक करोड़ रुपए oh yeah. हाँ लेकिन इसमें तो हजार का ऑप्शन ही नहीं है हा तो मैं क्या ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा हा तो जाओ यार रोका किसने अरे यारेरा मतलब ऑप्शन डी पर ताला लगाओ कंप्यूटर जी ऑप्शन डी पर ताला लगाया जाए क्या हुआ नेट स्लो है अरे तो मैं कपिल शर्मा ने के केवी से चला था अमिताभ बच्चन ने याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं जाती मेरे फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छा और तो आप आज थे मेरे। आज थे का क्या मतलब है होंगे नहीं अभी भी नहीं आए क्या आए है ना वो मिले बता इधर मेरे को तो दिख नहीं रही दिखने अरे वो बीच में गधे की सकल का दिख रहा है आपको? वो वो वो बीच में दिख है का? के हाथ हाथ बेटा बेटा मेरा मुंह क्यों देख रहा अरे रहने दीजिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं? ठीक है भाइयों और उनकी हम चुका है हम मुझे जाना होगा एक घंटा मिलता है पैसे लेकिन उसमें भी ये हाथ हाथ नहीं अबे खिला देता तो तेरे कौन सा हो जाता अरे देवी जी जाइए जाइए कल मिलते हैं